चलो सीखे मैं आपका स्वागत है आज एक बहुत बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है बिहार सरकार ने आधुनिक अभिलेखागार तथा अमीन के द्वारा जो अधिक नंबरों से फेल किए हैं ट्रेनिंग के बाद उनको नौकरी से निकालने का सरकार ने आदेश जारी कर दिया है सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बेलाइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि इससे संबंधित जो भी सूचनाएं हो वो आप तक सीधे पहुंचे तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं नौकरी से हटाए जाएंगे ट्रेनिंग के बाद अधिक नंबरों से जो फेल हुए हैं अमीन उन्हें हटाने का सरकार ने निर्देश दिया देख सकते हैं आधुनिक अभिलेखागार के निर्माण में देरी करने वाले अधिकारी और अमीन दोनों की लापरवाही पर सरकार माफ़ करने वाली नहीं है सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान न रखने वाले अमीनो yeah. को नौकरी से हटाने का आदेश दिए यानी जो भी अमीन है वो अपनी ज़िम्मेदारी का ज्ञान नहीं रखने के कारण उन्हें नौकरी से हटाने का निर्देश दिया गया है अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग ने प्रशिक्षण के बाद हुई परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले अमीनों को अमीनों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं दस से कम अंक लाने वाले अमीनों को नोटिस देकर सेवा से हटाया जा रहा है यानी जो अमीन ट्रेनिंग लिए थे दस से कम नंबर लाए हैं उनको नोटिस देकर हटाया जा रहा है और यहाँ देख सकते हैं एक और बड़ी अपडेट जो है चालीस फीसदी से कम अंक लाने वाले अमीनों से स्पष्टीकरण मांगे गया यानी चालीस से जिसका कम अंक आया है उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और जिसमें इनकी संख्या पचहत्तर है जिन जिन अमीन के नंबर दस से चालीस के बीच में उनको एक और मौका दिया जाएगा यानी जिसके नंबर जो हैं दस से चालीस के बीच में हैं उनको मौका मिलेगा एक मौका और दिया जाएगा उसमें अपनी योग्यता साबित न कर सके तो नौकरी चली जाएगी अपनी योग्यता यदि साबित नहीं किए हैं से चालीस अंक जो लाए हैं एक बार और सरकार मौका देगी अगर वे अपने आप को योग्य साबित नहीं कर सके तो नौकरी चल जाएगी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने गुरुवार को जूम मीट के जरिए भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के प्राधिकारियों के साथ बैठक की थी अमीन के प्रशिक्षण स्पेशल म्यूटेशन मॉडर्न रिकॉर्ड रूम नक्शों की डोर डिलीवरी से संबंधित कार्यों की प्रगति जाने यानी यहाँ देख सकते हैं जो भी सरकार के अमीन के प्रशिक्षण स्पेशल म्यूटिशन मॉडर्न रिकॉर्ड रूम यानी जो डिजिटल रिकॉर्ड रूम होगा यहाँ पे सभी प्रकार की जितने भी खेती से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं वो सभी उपलब्ध रहेंगे नक्शों की डोर स्टेप डिलेवरी यानी घर बैठे घर टू घर इसकी डिलीवरी के लिए अपर मुख्य सचिव ने यहाँ देख सकते हैं डिलीवरी से संबंधित कार्यों की प्रगति जानी अपर मुख्य सचिव ने नियोजित अमीनो के प्रशिक्षण के बाद हुई परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले अमीनो पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए यानी सरकार किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और इन सभी अमीनो को जो खराब प्रदर्शन किए हैं उनको स्पष्टीकरण यहाँ देख सकते हैं जो 10 से कम अंक लाने वाले अमीनों को उनको नोटिस कर सीधे हटाया जा रहा है धन्यवाद